तो अपन वती है सीने में हर बार जब जब वो सामने आ जाते हैं, गलती हमारी भी दिखे जनाब एक पल के दीदार के लिए सोफा मल जाते हैं।